अब हम चलते हैं हमारी शेयरिंग सेटअप की तरफ देखिये सबसे पहले एक्टिव वीडियो की तरफ जाएंगे लेकिन नॉर्मल जो वीडियो हम पोस्ट करते हैं एक्टिव वीडियो उसकी शेयरिंग क्या रहेगी तीन तरीके की शेयरिंग आ जाएंगी हमारी पहला नॉर्मल शेयरिंग दूसरा आएगा बल्फ शेयरिंग ठीक है तीन शेयरिंग की तरफ हम बात करेंगे अब पहला नॉर्मल शेयरिंग में क्या आएगा आपने सपोज वीडियो पोस्ट कर दी ठीक है वीडियो पोस्ट करने के बाद हमें देने है इस पर हंड्रेड टू टू हंड्रेड शेयर आप पर आईडी से एक दस शेयर अलाउड होते हैं पर आईडी से दस शेयर कर सकते हो आप बेसिकली कोई दिक्कत नहीं आएगी सेम आई पी सेम आई पी से सेम आई एक आई से दस शेयर आप डेली दिन में कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं आएगी और एक्टिव वीडियो पे आप 200 100 200 300 सौ शेयर दे सकते हो बेसिकली ठीक है ना तो वो में कैसे देने होंगे जैसे कि मान लो हमारे पास 10 आई का सेटअप है दस आईडी डी से दस शेयर हर आईडी से दस शेयर देंगे तो कितने होगा? गए हंड्रेड शेयर होगा। ठीक है उसके दो घंटे बाद फिर हम दस शेयर देंगे हर आईडी से कितने शेयर होगा? गए शेयर होगा। इस तरीके से हम शेयर देंगे तो पहला आगे हमारा नॉर्मल सौ से दो आराम से आप दोगे जिसमें फ्री ग्रुप ही रहेंगे सारे के सारे और कुछ आई पर रहेंगे हमारे ये ग्रुप जैसे कि नॉर्मल आई समझाएंगे आपको अब हम एक नॉर्मल वीडियो की तरफ चलते हैं ऐसे कोई भी वीडियो आप देख रहे हो जैसे मूवी है अब नॉर्मल अगर हमें एक शेयर देना है तो हम इस पर कर देंगे शेयर नाउ ये हो गया हमारी प्रोफाइल पे जाके शेयर इसको रिफ्रेश आ गई अब हमें इसी को ग्रुप में देना है तो हम जाएंगे फिर से बैक मोर ऑप्शन ये आगे शेयर टू ग्रुप अब जिस ग्रुप में आप ज्वाइन हो गए या ज्वाइन कर रखा होगा फ्री ग्रुप सेव कर रखे होंगे उसमें ये ऐसे शेयर हो, हो जाएगी ये देखो आप पोस्ट पोस्ट हो गई व्यू पोस्ट पे ये ग्रुप में आ गई ये प्रोफाइल भी नहीं जाएगी ग्रुप में आ जाएगी और एक शेयर हो गया हमें पेज पे जैसे कि कोई पेज है जिस जिसपे अच्छे खाते फॉलोवर है मिलियन ऑफ फॉलोवर है सेव कर रखा है या किसी और का पेज है उसने आपको एक्सेस दे रखा है पोस्ट करने का तो सिंपल पेज पे शेयरिंग हो जाएगी हम इसको कर देंगे शेयर चेक करें व्यू पोस्ट, अब जैसे ये पेज आ गया इन्होंने हमें एक्सेस दे रखा है अपने पेज पे पोस्ट करने के लिए तो ये इनके पेज पे हमारी वीडियो आ गई ठीक है तो अब नॉर्मल एक्टिव वीडियो जो रहेंगी उसमें 100 से 200 शेयर हमें जरूरत पड़ेंगे करने ही हैं मिनिमम पर आई 10 शेयर दिए आपने कितने हो गए इन टू हंड्रेड हा हा हा आफ्टर एक घंटे बाद दोबारा से दे सकते हो आप क्या दसों आईडी खोलोगे आप एक एक करके बेसिक सौ शेयर फिर आफ्टर दस शेयर पर आईडी डी टू हंड्रेड कितने हो होगा हमारे टोटल 300 ठीक है अब इसमें नॉर्मल जो आ जाएगी ना इसमें क्या चीजें देखिये ध्यान रखने वाली क्या है पहली चीज हमारी ध्यान रखने वाली जो होगी पर वीडियो लाइक लाइक कर दो या इमोजी शेयर कर दो कोई भी जैसे कि इसमें हमने शेयरिंग दे रखी है हमारी वीडियो है जैसे ये हमारी वीडियो है ठीक है अब जो आप कहते हैं ना आईपी की दिक्कत आती है वो आईपी की दिक्कत नहीं आएगी जस्ट ये हमने लाइक कर दिया कोई भी इमोजी दे दिया लाइक कर दिया और वीडियो को प्ले कर लिया बस इस तरीके से ये प्ले करी जब तक ये चलेगी ये देखें और जब तक हम शेयर दे, दे देंगे इस तरीके से सिंपल कोई भी लाइक कर दो आप ये हमें इसलिए करना है ताकि क्लोन आई हमारी जो है वो सेव रहेगी जो शेयरिंग आएगी वो भी नॉर्मल आएगी बेसिक आएगी पर आईडी लाइक हो गया या एमओ हो गया सेकंड चीज एक कमेंट और थर्ड हमारा वीडियो प्ले जस्ट ठीक है क्लियर है जैसे कि वीडियो आपने पोस्ट करी जस्ट प्ले कर दो प्ले करने के बाद इसको शेयरिंग कर दो जब तक ये हमारी लाइक हो गई और ये आ गया मुझे ये चला गया ठीक है आपकी वीडियो भी प्ले हो गई एक मिनट भी काउंट हो जाएगा या दस सेकंड काउंट हो ही जाएंगे आपकी मेन आईडी से और क्लोन आईडी से इसमें कमेंट भी आ गया वीडियो प्ले भी आ गई लाइक इमोजी भी आ गया जैसे कि अब हमने अपनी वीडियो अपने पेज पे पोस्ट करी अब पेज पे हमने वीडियो ओपन करी कंट्रोल सी से लिंक कॉपी करेंगे वीडियो की नहीं आ रही कॉपी करना ये शेयर का बटन है ये हो हमारी लिंक कॉपी बस अपनी क्लोन आईडी विजिट और नई विंडो खोल के कंट्रोल भी सीधा आपकी वीडियो पे आ गए बस जब तक ये आप लाइक का बटन दबा दो और ये कुछ कमेंट वगैरह टाइप कर दो ऐसे पेस्ट ये प्ले होगी जब तक हम शेयर कर देंगे अपनी वीडियो को इस तरीके से शेयर टू आ ये चली गई क्या शेयर टू आ बस ये चीज है आप बल्क शेयरिंग का सिस्टम बिल्कुल सीधा है बल्क शेयरिंग में आपको पढ़ेंगे एक बड़ा सेटअप की जरूरत पड़ती है उसमें बड़ी आईडी की जरूरत पड़ती है शेयरिंग में होते हैं कम से कम चार चार पाँच पाँच हजार शहर आप देख रहे आपको आठ हजार शेयर दस हजार शेर यह होती है बल्क शेयरिंग नौ हजार शेर टू ये क्या होता है बल्क शेयरिंग होती है जैसे कि किसी के पास सिस्टम लगे हुए हैं 10-12 10-12 पीसी की जरूरत पड़ेगी उसमें 10 पीसी उन्होंने लगा रखे हैं हर पीसी में एक एक हजार आईडी लॉगिन है ठीक है 10 पीसी में हाँ हजार हजार 10 पीसी में कितनी लॉगिन इन हो गई दस हजार दस हजार आई डी हो गई उन्होंने दसों पी में दस हजार में एक एक्सटेंशन होता है ऑटोमेटिक शेयरिंग का वो लगाया उन्होंने पेनल लिंक पेस्ट करी और पूरे शेयरिंग स्टार्ट कर दी वो बड़ा सेटअप होगा उसमें बड़ी सेटअप की जरूरत पड़ती है तो बल्क शेयरिंग की तरफ हम नहीं जाएंगे हम जाएंगे केवल एक्टिव और अपनी रिकमेंडेशन की तरफ ठीक है अब रिकमेंडेशन देखते हैं रिकमेंडेशन क्या है स्टार अभी आप ये पेज देखें ये क्या है रिकमेंडेशन शेयरिंग का पेज है पूरा क्योंकि ये एक इन पे काम हो रहा है और बड़ा सिंगर है तो इसमें क्या होता है कस्टमर जो होते हैं मतलब यूजर जो होते हैं वो खुद शेयर देते हैं क्योंकि वो उनकी niche related join है ठीक है ना अब आप देख रहे सेवन के शेयर 1.4 के शेयर 5.4 के शेयर अब बेसिकली देखिए रिकमेंडेशन शेयरिंग यही है कि पूरा काम हमें नहीं करना सारा काम करेगा हमारा कस्टमर सामने वाला करेगा हमें नहीं करना हमें केवल अपने कंटेंट पे ध्यान देना है बस वो आएगा विजिट करेगा पेज पे वीडियो देखेगा और शेयरिंग करके जाएगा हमें केवल कितने नॉर्मल रिकमेंडेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपका बस एक मिनट व्यू काम होना चाहिए एक मिनट व्यूज जो वीडियो का मैंने आपको बताया वो काउंट होना चाहिए अगर एक मिनट व्यूज वो टिक के जा रहा है तो रिकमेंडेशन में वीडियो ऑटोमेटिक जाएगी ठीक है वन मिनट व्यूज जो हो गया हमारा वन मिनट व्यू सेकेंड उसमें हमे है जाते हैं फोर्टी टू फोर्टी शेयर बस इससे ज्यादा शेयर नहीं देंगे हम पचास के बाद आपकी रिकमेंडेशन खत्म हो जाएगी फोर्टी सेवन टू फोर्टी नाइन ठीक है तो रिकमेंडेशन में जरूरत पड़ेगी हमें वन मिनट व्यू की और सैतालीस से, से उनचास शेयर देने हैं वो कैसे देंगे हम सपोज आपने वीडियो डाली पोस्टिंग पोस्टिंगा वीडियो ठीक है तो आपको वेट करना है कम से कम पंद्रह मिनट का ये नहीं वीडियो डाली और शेयर देना शुरू कर दिए ये चीज का ध्यान रखिएगा हर वीडियो में फर्स्ट आईडी पहली आईडी हमने लॉगिन कर ली अब जैसे कि हम एक वीडियो लेते हैं पहले ये वीडियो हमारे या कोई नॉर्मल हाँ ठीक है ये चल जाएगी ये वीडियो है कॉमन सी ये हमने इसको कर लिया लिंक कॉपी ठीक है अपने पर्सनल पेज से आपने पोस्ट किया और लिंक कॉपी कर लिया ये हमारा क्लोन आईडी आ गया कंट्रोल वी वीडियो आ गई अब इसको प्ले होने दें प्ले होगी वो ऑटोमेटिक इस पे भी लाइक जाएगा इस पर भी कमेंट जाएगा एमोजी दे दें सबसे बढ़िया बस अब शेयरिंग होगी कितने मिनट कितनी हो गई पंद्रह सेकंड वीडियो चल गई आपकी आप शेयर करना शेयर नौ जस्ट इस तरीके से और एक आईडी से तीन से चार बस एक आईडी से थ्री टू फोर इससे ज्यादा नहीं जाएंगे तो हमें इसमें जरूरत पड़ेगी कम से कम आप ये मान लें तीन से चार अगर हम एक आईडी डी पांच कर रहे हैं अगर तो पांच इंटू एंड पांच दस आईडी इसमें भी वही बेसिक सी चीज है आपके पास दस आईडी का सेटअप तो होनी चाहिए कम से कम अगर एक आईडी से हम दे रहे हैं तो एक आईडी डी से तीन से पांच दे रहे हैं तो दस आईडी से आराम से फोर्टी एट टू फोर्टी नाइन